चल सारी गलती मेरी है आज कबूल करता हूँ रोज़ाना तुझे याद करके वक्त फजूल करता हूँ अभी इन आँखों को तेरा इंतज़ार नहीं है नहीं ऐसा नहीं कि तुझसे प्यार नहीं पर फिर से तुझे पा सकूँ इतनी मेरी औकात कहाँ तुझ में तो है जान पर मुझमें वो बात कहा